हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले ब्लूटूथ स्पीकर जो रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ फ्लैट्स को फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स प्लीज गिव य अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए